जो प्यार होता है ना अगर प्यार सच हो तो फिर वो सब कुछ ही है। क्या बात है? फिर दुनिया नहीं दिखती तू ही है जो है